यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे उन पर कार्रवाई करते थे लेकिन साथियों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी